नमस्कार दोस्तों मैं देवेंद्र उपाध्याय अपने YouTube चैनल लाइव इन्फॉर्मेशन बाय देवेंद्र उपाध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों आज हम बीमा और लाइसेंस के विषय में कानूनी जानकारियां प्राप्त करेंगे मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का सिर्फ छोटा सा है कि आप सभी लोग जो कि जन सामान्य हैं कानून के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हुए यदि आप लोगों को जानकारी रहेगी तो आप भविष्य में किसी बड़ी बड़े संकट से बच सकते हैं बस मेरा छोटा सा यही उद्देश्य है तो उद्देश मित्रों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज हमारे देश में लगभग प्रत्येक घर में दोपहिया वाहन देखने को मिल जाती है और मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास लोगों के पास चार पहिया वाहन देखने को मिल जाती है बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश तरक्की कर रहा है लेकिन हम इस तरक्की के बाद भी कभी कभी अज्ञानतावश कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कि हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है मित्रों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यदि जब हम वाहन खरीदते हैं तो आजकल जो नए नियम के अंतर्गत ये हो गया कि वाहन का जो डीलर होता है वो वाहन का लाइसेंस सॉरी बीमा और रजिस्ट्रेशन करा करके आपको देता है और इसके अलावा लाइसेंस यदि आपके पास नहीं है तो लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है ये दो तो महत्वपूर्ण अंग हैं किसी भी वाहन को जो है यदि हम उपयोग करते हैं उसके लिए साथियों आम तौर से ये देखा गया है कि हम गाड़ी तो खरीद लेते हैं वाहन खरीद लेते हैं लेकिन पहली बार के बाद में दूसरी बार उस वाहन का बीमा कराने में हम बहुत ही लापरवाही करते हैं और ये लापरवाही हमें इतनी महंगी पड़ सकती है यदि हमारे वाहन के द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में उसके परिवार की सदस्यों के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा हमारे विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अंतर्गत न्यायालय में परिवार लगाया जा सकता है और हमसे जो है जुर्माने के रूप में जो भी उसने खर्च किया है और जो भी उसको परेशानी हुई है जितने दिन वो काम नहीं कर सका है या यदि मृत्यु हो गई है तो उसके जो परिजन हैं उनका समस्त खर्चा जो कि लाखों रुपए में आता है यदि किसी की मृत्यु हो गई तो, तो ये ये ये सारी चीज़ें यदि आपके वाहन में बीमा नहीं है तो आपको भरना पड़ेगा और सोचिए कि आप छोटी सी लापरवाही की वजह से जो है कितनी बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके वाहन में बीमा तो है किंतु आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस भी वाहन चालन के लिए एक अति आवश्यक चीज़ होती है जिसका हम लोग कभी भी लाइसेंस बनाने के लिए कोई भी ध्यान देते ही नहीं हैं हम लोग और सोचते हैं हमें गाड़ी चलाना आता है हम हमसे कोई दुर्घटना नहीं होगी लेकिन भविष्य को कौन जानता है कैसी स्थिति होगी कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए और आपके पास लाइसेंस ना हो बीमा हो तो बीमा कंपनी जो है वृचा पॉलिसी के अंतर्गत आप के द्वारा घायल किए गए या मृत प्राप्त व्यक्ति को बीमा की रकम देने से इनकार कर सकती है और ये सारे पैसे आपको भरने पड़ेंगे तो इसलिए मित्रों ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लाइसेंस मनवा करके अपने वाहन का चालन करें और अपने वाहन को यदि वाहन का बीमा समाप्त हो जाता है तो उसे समय पर हम बीमा को जो है रीनअल कराएँ ताकि भविष्य में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी आ, बात हो जाती है तो हमें जो है अपने पास के कीमती पैसों को ना देना पड़े बीमा आदमी इसीलिए कराता है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या आपके वाहन में कोई समस्या हो जाए आमतौर से आदमी यह समझता है कि हमारे गाड़ी में कोई भी डैमेज नहीं होगा कभी कुछ नहीं होगा और हम वाहन चलाते रहते हैं लेकिन ये लापरवाही आप लोग मत कीजिएगा दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमारे घर में कोई दुपहिया या चार पहिया वाहन है उसका उपयोग हमारे घर में रहने वाले छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी उपयोग करते हैं और हम उन्हें कभी मना नहीं करते हैं कि आप गाड़ी का उपयोग मत कीजिए क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है हमारे देश में लाइसेंस बनाने की जो उम्र है वो 18 वर्ष की है 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को लाइसेंस बनाने की आ, का अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति या कोई माइनर कोई दुर्घटना कर देता है तो आ, उसका जो मुआवजा है मुआवजे की जो राशि है वह भी बीमा कंपनी देने से इनकार कर सकती है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ जो वाहन है उसका उपयोग कोई भी माइनर न करें और कोई दुर्घटना न करे ताकि भविष्य में आप किसी संकट में न फंसे मित्रों इसके अलावा जो आजकल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कुछ अमेटमेंट आए हैं नए नियम आए हैं उसकी भी मैं जानकारी आप लोगों को प्रदान करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी करके किसी वाहन का उपयोग कर रहा है और यदि ऐसी स्थिति में वह पकड़ा जाता है तो उसे जो है दस हज़ार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और यदि आप अपने दुपहिया वाहन का उपयोग बिना हेलमेट के आजकल हम लोग हेलमेट भी कभी नहीं लगाते हैं जबकि हेलमेट इतना हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और हमें गंभीर चोटों से बचाता है लेकिन हम कभी भी इस विषय में ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम हेलमेट लगाकर कर के वाहन का चालन करें तो यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हैं और यदि आप ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको तीन सौ का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है और दूसरी बात यह जुर्माना बढ़ के एक से तीन हज़ार तक का हो सकता है तो साथियों ये छोटी छोटी बातें जो हैं इन बातों के एक हाँ एक और महत्वपूर्ण बात यदि आप चार पहिया वाहन चलाते तो हैं ये तो दो पहिया वाहन की बात हो गई यदि आप चार पहिया वाहन चलाते हैं और यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट भी हम लोग जो है आमतौर से ध्यान ही नहीं देते हैं कि सीट बेल्ट लगी है या नहीं लगी है जबकि बीप बीप बीप चार पहिया वाहन में आजकल ऐसी सुविधा आ गई है कि वो बीपिंग करता है लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं जबकि ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो यदि आप सीट बेल्ट लगा करके चार पहिया वाहन चलाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और यदि नहीं चलाते हैं और यदि किसी पुलिस के द्वारा आपको पकड़ लिया जाता है तो आपको एक हज़ार रुपये से तीन तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है जो कि आपके फाइनेंशियल स्थिति को बिगाड़ सकता है इसलिए मित्रों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अपने माइनर्स को वाहन चलाने की अनुमति न दें और जब भी वाहन चलाएं तो आप वाहन का बीमा करा करके कर कर कर रखें अपना लाइसेंस बना करके कर रखें कर कर कर कर कर या जिस किसी व्यक्ति को आप देते हैं आप संतुष्ट रहें कि वह व्यक्ति जो है वो अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक है और उसके पास में लाइसेंस है साथियों यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की जो समस्या है उससे हम दूर रहेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिता सकेंगे तो मित्रों एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि काला बटन दिख रहा है उस काले बटन को दबा दें ये बिल्कुल फ्री है और चैनल को लाइक कर दें कमेंट करें कि मेरे द्वारा बताई गई कि जानकारी कितनी उपयोगी है या और किस प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो मित्रों इतना आज की इतनी इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं लेकिन निवेदन वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें थैंक यू